एक बार गांव के दो व्यक्तियों ने शहर शहर जाकर जाकर पैसे कमाने का निर्णय लिया। जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम कर दोनों ने कुछ पैसे जमा किए। फिर उन पैसों से अपना अपना व्यवसाय प्रारंभ किया दोनों का व्यवसाय चल पड़ा दो साल में ही दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली व्यवसाय को फलता फुलता देख पहले व्यक्ति ने सोचा कि अब तो मेरे काम चल पड़ा है अब तो मैं तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ता चला जाऊंगा लेकिन उसकी सोच के विपरीत व्यापारिक उतार चढ़ाव के कारण उसे उस साल अत्यधिक घाटा हुआ अब तक आसमान में उड़ रहा वह व्यक्ति यथार्थ के धरातल पर आ गिरा वह उन कारणों को तलाशने लगा जिनकी वजह से उसका व्यापार बाजार की मार नहीं सह पाया सबसे पहले उसने उस दूसरे व्यक्ति के व्यवसाय की स्थिति का पता लगाया जिसने उसके साथ ही व्यापार आरंभ किया था वह यह जानकर हैरान रह गया कि इस उतार चढ़ाव में मंदी के दौरान भी उसका व्यवसाय मुनाफे में है उसने तुरंत उसके पास जाकर इसका कारण जानने का निर्णय लिया अगले ही दिन वह दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा दूसरे व्यक्ति ने उसका खूब आदर सत्कार किया और उसके आने का कारण पूछा तब पहला व्यक्ति ने बोला दोस्त इस वर्ष मेरा व्यवसाय बाजार की मार नहीं झेल पाया बहुत घाटा झेलना पड़ा तुम भी तो इसी व्यवसाय में हो तुमने ऐसा क्या किया कि इस उतार चढ़ाव के दौर, दौर में भी तुमने मुनाफा कमाया यह बात सुन दूसरा व्यक्ति बोला भाई मैं तो बस सीखता जा रहा हूं अपनी गलती से भी और दूसरी की गलतियों से भी जो समस्या सामने आती है उसमें से भी सीख लेता हूं इसीलिए जब दोबारा वैसी समस्या सामने आती है तो उसका सामना अच्छे से कर पाता हूं और उसके कारण मुझे नुकसान नहीं उठाना पड़ता बस ये सीखने की प्रवृत्ति है जो मुझे जीवन में आगे पढ़ाती जा रही है दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हुआ सफलता के मद में वो अति आत्मविश्वास से भर उठा था और सीखना छोड़ दिया था वह यह पड़ कर वापस लौटा कि कभी सीखना नहीं छोड़ेगा उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ता चला गया धन्यवाद दोस्तों